हेलो दोस्तों मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे रुकियापुर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे स्विमिंग कार्ड पे बहुत सारी योजनाएं हो हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और लोगों को पास पहुंच भी नहीं पाती है। इसलिए हैं इसलिए आज हम बताएंगे आपकी स्विमिंग कार्ड पर कौन सी योजनाएँ हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारा लेबर कार्ड के द्वारा पैसा आता है वो हमें पता नहीं लगता है और जो भी योजना आती है हमें पता नहीं लगती है तो क्या करें हम कि आपको कि कैसे पता करें और श्री कई लाभों से वंचित हो जाते हैं तो आज हम बताएंगे कि हम अपने लाभ को कैसे देख सकते हैं तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे पास जो भी नई वीडियो अपलोड हों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जो भी लेबर कार्ड से रिलेटेड योजनाएं हैं वो अपने मोबाइल पर भी हम देख सकते हैं तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अपना क्रोम ब्राउज ओपन कर लेना है तो हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं ओपन करते हैं और हम इसको ओपन करते हैं हमें यहां पे लिखना है यूपीसी यहां पर दोस्तों में सर्च करना है यूपीबीओ सी डब्ल्यू यहां पे हमें क्लिक कर देना है और हमें इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है जो हम यहाँ पे लिखी है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सुनिर्माण कार्यक्रम कल्याण बोर्ड इस पे क्लिक कर देना है और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी अंक है इस पे हम भी जा सकते हैं तो हम आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लेबर कार्ड पर कितनी योजनाएँ हैं वो देख हैं तो हमें योजनाएँ देखने के लिए क्या करना है योजना का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अनिष्ठान एंड उपकर के पास में ये समस्त योजनाओं पर क्लिक करना है हमें क्लिक करने के बाद हमारा एक नया डेस्कटॉप ओपन होगा उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हमारे लेबर कार्ड पर हैं अभी पहली योजना का नाम हमारा है मृत्यु शसु एवं बाल्य का मदद योजना इसके बाद में हम आपको बता दें कि जैसे हमारा कोई पहला या दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उस पर हमें श्रमिक को पैसे मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, होते हैं वो हमें इस फाइल में देने होते हैं और इसमें हमें पैसे भी मिलते हैं तो दूसरी योजना हमारी है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना जैसे हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पढ़ने के लिए पैसे हैं नहीं तो ये हम संत रविदास शिक्षा सहायता योजना से प्राप्त कर सकते हैं तीसरी योजना के बारे में बताएंगे तीसरी योजना हमारी है मेधावी छात्र पुरस्कार योजना इस योजना के बारे में हम पात्रता बता देते हैं सभी पंजीकृत कार्यकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियां ने कक्षा पाँच से नाइन्थ तक पचपन परसेंट या उससे अधिक को तथा कक्षा दस से बारह तक पचास परसेंट या उससे अधिक आई टी आई बी, बी एम ए एम सी सिक्सटी परसेंट या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्ट्रीय परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया हो उन्हें इस शिक्षा इस योजना का लाभ मिल सकता है चौथी योजना के पास हम चलते हैं इस योजना के बारे में हम बता दें कि जो हमारे बच्चे होते हैं छः से चौदह वर्ष की आयु वाले वो हमारे प्राथमिक जूनियर स्कूल के जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएँ मिलती हैं वो उनके पात्र होते हैं जैसे छः से चौदह वर्ष के मध्यम अवसीय विद्यालय में प्रवेश पाने के पात्र होंगे चौथी की पाँचवीं योजना की तरफ चलते हैं तुम्हारा पाँचवीं योजना है कौशल विकास तकनीकी एवं उद्ययन प्रमाण योजना इसे योजना में हमें जो भी तकनीकी कौशल विकास है वो जिसमें इतनी जो भी योजना निकलती है योजना का लाभ हमें मिलता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और हम छठी योजना के बारे में चलते हैं छठी योजना है सौर ऊर्जा सहायता योजना इस इस योजना में आवेदक बोर्ड में पंजीय श्रमिक को तथा उसका अंशदान अध्ययतन जमा हो आवेदन के परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही मात्र एक ही बार दी जाएगी जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9 से 12 के मध्य अध्ययन हों उन्हें बढ़िता दी जाएगी इसमें आवश्यक अभिलेख तो आप पर ले, ले पंजीयन प्रमाण पत्र है हमारा अधिन जमा अंशदान का साथ छः विद्युत संयोजन न होने का घोषणा पत्र है रुपये दो सौ पचास एमी का अतिरिक्त अंशदान ऑनलाइन जमा होगा वांछित प्रियता के अभिलेख में सीमित आपूर्ति कारण बहिष्ठता के आधार पर स्थापित की जाएगी अपनी सातवीं योजना के तरफ चलते हैं कन्या विवाह अनुदान योजना इस योजना में हम बता दें कि जो भी गरीब लोग के परिवार हैं जिनका भी श्रमिक कार्ड है जब भी वो अपनी बेटी यानी पुत्री की शादी करते हैं तो उनका उनकी बेटी की शादी में पैसे मिलते हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उसको सबसे पहले की पात्रता बता दें पंजीकृत श्रमिक जिसका अनुसंधान अध्यंत जमा हो यानी इसका मतलब होता है कि रून्यूबर जो हमारा श्रेविक कार्ड है वो तो जिस समय एक, एक काम हो रहा है जिसमें पंजीकृत हो रहा है इस कन्या विभाग अनुदान योजना में इस योजना में अगर ये पंजीकृत हो रहे हैं तो उनका नोबल उस तारीख तक लेबर कार्ड नोबल होना चाहिए तो आगे हम बता दें पंजीन की न्यूनतम समाप्ति 100 दिन की पूर्ण हो चुकी है यानी जो लेबर कार्ड के पाता है यानी जिसका भी लेबर कार्ड है वो सौ उसने सौ दिन पूरा काम कर लिया है और कन्या की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष हो तरह बर की न्यूनतम आयु 21 वर्त यानी उसकी लड़की की आयु 18 वर्ष हो, हो और उसकी दूल्हे की आयु 21 वर्ष हो महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह में प्रकरण भी उपलब्ध हो यानी महिला जो श्रमिक की पत्नी है वो विवाह में शामिल हो आगे चलते हैं हमारा आवास सहायता योजना इस योजना में हम बता दें कि इस योजना में जैसे गरीब लोग होते हैं जिनका श्रमिक कार्ड होता है उनको आवास नहीं होता है उनके रहने की जगह नहीं होती है छप्पर पड़ा होता है तो उनको इस योजना में लाभ मिलता है जैसे मकान मिलता है इसमें तो हम इसकी पात्रता बता दें अद्यतन पंजीकृत श्रमिक यानी श्रमिक अथवा उनके परिवार के पास पक्का रिसाई मकान ना हो तब उसके पास मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध भी ना हो तो आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केंद्र राज्य सरकार किसी भी विभाग योजना के अंतर्गत किसी आवासीय योजना का हित लाभ प्राप्त ना हुआ हो यानी उसके परिवार में किसी वो, को भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला हो किसी को भी आवास सहायता योजना का लाभ नहीं मिला हो तो वो इसके पात्र है तो अभी का पंजीयन पाँच वर्ष पुराना हो यानी जो लेबर कार्ड बना हुआ हो वो पाँच वर्ष पुराना हो तथा तो उसकी अधिकतम आयु पचपन वर्ष हो संपूर्ण जीवन में एक बार लाभ दे यानी संपूर्ण जीवन में इसका लाभ एक ही बार मिलेगा आवास आवास सहायता योजना में सिर्फ एक ही बार पंजीकरण कर सकता है तो अगली सहायता की तरफ चलते हैं इस योजना में जो भी श्रेमिक कार्ड है जिसके पास श्रेणिक कार्ड है वो इस योजना में पात्र है जिसके पास शौचालय नहीं है वो इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकता है इस योजना में सिर्फ शौचालय के लिए आपको बारह हज़ार रुपये का अनुदान प्राप्त होगा जिसमें आप अपने घर में एक शौचालय बनवा सकते हैं अगले सूची की तरफ चलते हैं तो अगला हमारा है शिक्षा सहायता योजना जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम इस योजना से उसकी इलाज करवा सकते हैं आगे हम चलते हैं आगे हमारा है आपदा राहत सहायता योजना इस योजना में जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं वो हमारे ऐसे में कोविड नाइन्टीन लगा हुआ था तो उसमें आपदा रहित संभावना चल रही थी तो हमारी केंद्र सरकार ने इस योजना में हर श्रमिक पंजीयन को एक राशि का अनुदान किया था आगे हम चलते हैं अपनी महात्मा गांधी पेंसन योजना पर इस योजना में हम क्या लाग लाग इस योजना में हम बता दें कि जो भी महात्मा गांधी पेंशन योजना में लाभ मिलता है इस योजना में जो भी पंजीय श्रमिक है वो साठ साल हो जाने के बाद में इस योजना का पात्र है इसमें एक हज़ार प्रतिमा की दर से आपको पेंशन मिलेगी गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में हम बता दें इस योजना के बारे में बता दें जो भी जिसके पास लेबर कार्ड है जिसके पास एक कार्ड है वो इस योजना का पात्र है क्योंकि इसमें जो भी घर में बीमार पड़ता है तो हमारे पास एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए जो हमारे परिवार में जो भी गंभीर बीमारी जिसके पास जिसको भी लगती है उसका इलाज यहाँ से फ्री में हो सकता है अगले सहायता की तरफ सकते हैं हमारा ये है मृत्यु विकलांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना इस योजना के बारे में हम बताते हैं कि जो भी जैसे रोड पर हमारा एक्सीडेंट होता है और उसमें हमारे अपंग यानी हाथ पैर टूट जाते हैं कभी कभी हम मर भी जाते हैं तो हम हमारे पास इस इसमें भी योजना का लाभ मिल सकता है जैसे हम अगर हाथ पैर टूट जाते हैं तो इसमें हमें अपंग होने पर तीन लाख रुपए की धनराशि मिलती है और मरने पर हमें इसमें पाँच लाख की धनराशि मिलती है तो हम अगली योजना की तरफ चलते हैं अंत्य सहायता योजना इस योजना के बारे में हम बता दें कि जैसे कोई भी हमारा श्रमिक जो काम करते समय यानी मनरेगा में काम करते समय कुछ भी माला हो तो उसको यहाँ पे पच्चीस तक की राशि का भुगतान मिलता है अगली योजना के बारे में हम बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना इसी योजना में इस योजना के बारे में हम बता दें बोर्ड द्वारा संचालित योजना की जानकारी निर्माण श्री श्रमिकों एवं जनमानस को प्रदान करने के लिए की जाती है इसमें हम रूमल करने के बारे में बताते हैं पंजीयन श्रमिक के बारे में बताते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि भारत सरकार की मंडल वेलफेयर बे, स्कीम के अंतर्गत बनाई गई योजना का लाभ जरूर लें तो इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं आपसे राय तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद और दोस्तों हम आपको बता दें कि कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए अगर आपको हमसे संपर्क न है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम आपकी सहायता जरूर कर सकें धन्यवाद